तो आज का का हमारा कौन है ये चंदन तू दे। चलो अभी करने चलते हैं। चले करने। रही है मगर भारी भारी सा लग रहा है भारी भारी लग रहा है? हम डस्टबिन फेंकेंगे ठीक है? यार सही ये हिंदुस्तान है है। कहीं फेंक दो। सेटिंग करने पहले ए नीचे नीचे दिखाने के लिए ऐसे पड़ रहा है मुंडी। ये मुंडीट बुलेट ये भी रहा है। ये देगा बाकी डाल तू कर देवरे कल लगी पुलिस सामने नाम लगी ना यहां पापा चले मामा मामा चले मामा चलो जरा आगे चल ले तो तो सुनता रास्ते में ले जा रहा है तू कर वीर बाबा के तो हम कहाँ गए वीर क्वालिटी क्वालिटी ना रही है भाई आज कवर भी नहीं मिलता आली आली आली ये ये दोनों मेरे बेटे हैं पहला बेटा कार्तिक दूसरा बेटा चंदन खाऊंगा बोलो जुबा चलो चलो साइड किधर तो, तो कार्तिकोचा कर गया तो को मेरा फोन गिर गो सोच करा इधर देखो सोच करा गिरा दे कौन कौन कौन कौन है ये कौन है है है है है है ये है? ये <laughs> वाद वाद वाद वाद वाद वाद वाद। ये <laughs> इस, ये हेलो हेलो गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस तो कमेंट कमेंट करके करके बेटा बेटा बताना मेरा मेरा ना ना इसका ब्लॉग कुछ भी काट सकता है <laughs> <इसका>? <laughs> सही कह रहा मैं एडिटिंग करूंगा तो मैं काट सकूंगा यार अपनी बेस्टी दिखाऊंगा नहीं खोलना पड़ेगा दे दे दे दे <laughs> इसकी अपने दिखावा कौन ब्लॉगर अच्छा वो उसके पास तो अजू। उस वो तो पीला कलर को है है ना झोड़ बगल भी तो है पीला कलर का है अरे में तो अज्जू पता कब से चल रहा है चल अब चल रहे जब से एल्विज ब्लॉग खोला मिलता है हां तो फिर अज्जू हाँ को अज्जू जैसा एल्विज फेमस हो होगा फेमस तो कुछ सब्सक्राइबर चल ले किधर है सारा रोड पे फोन कैसे पकड़ रखा जैसे लाए तेल तेल तेल तेल तेल बंद कर खत्म हुआ तो पापा मारेगा ओए ओए ओए काटा काटा लगा इसमें दो दाट। दाट। <laughs> दो महीने महीने तेल बचा, तेल तेल बचा, तेल बचा, तेल बचा, तेल उस तेल तेल पापा पापा लगो ये छोड़ किधर है भाए, भाए, ये तो रात चल अरे चल मोड़ो मोड़ना चलना तो ते ते ते दे दे है यहाँ क्या अजुक घर अजुक घर का चलिए हेलो गाइस तो आपको मैं दिखाऊंगा अज्जुक घर अरे हाँ यहाँ घर वही अज्जु घर पर वो एल वी वो आया था सौरभ जोशी खर बहुत छुपा पड़ा है बहुत वो ले रखा अंदर ले रखा है सही जगह नहीं है अरे उसका घर देख इतना अच्छा है मगर दिखता नहीं है सही छुपा पड़ा है देखा एक लो ये ये कहां जाओ चल यहां तक आ गए और ग्राउंड यूट्यूबर है कितना हो गया देखिए मैंने सात पैतालीस को के भी घर चले तो पारक हैं वीडियो देखते हैं हो जाए बजा है है बजे बाकी फोन लीजिए घर आली आली, आली। <laughs> <laughs> <laughs> <दो> था था। <laughs> बता ब्रेक मत अरे तकुटी वाला आगे आ गया गो यार अगर ब्रेक ना मार तो सीधे कुछ ही नहीं करती <laughs> <laughs> डर एकदम से डर के ज्यादा हो रही है क्या खाने में ये मजा आया मजा आया वो डर गई जब वीडियो चल रहा था हां वीडियो तो चालू था पता नहीं अब आया होगा कैमरा में नहीं आया होगा मगर वो उछल के बहुत तेज भागी वो क्या कर रहा है हां उछल के बहुत तेज भागी उसे लगा उस... के मैं उसके पास गिरा रहे भाई को उससे कहा था कि भाई वीडियो लगा यहां मत करियो आए ना करियो अरे मोटा पैसा बाप पे इस लड़की ना जाते जाते मजा हो डालूंगा डॉटर डालूंगा फिल्टर देड़ी देड़ी देड़ी देड़ी। फिल्टर डालूंगा जब करेंगे बोला फिल्टर जब फिल्टर बाइक का डालता मेरे पास में बाइक की तेल बहुत पीती है इसीलिए मगर ब्लॉक के लिए कुछ भी ब्लॉक के लिए कुछ भी अरे में इंटरेस्ट के लिए फिल्टर डालूंगा रुक जा थोड़ा पेट्रोल लूं पेट्रोल के लिए ओम ओम देखा जा रहे नई बाइक <laughs> है फिल्टर आएगा ये फिल्टर तो है ना इसके अंदर फिल्टर लग रहा साफ करने वाला फिल्टर वो निकाल के वो वो जो आता है है ना फिल्टर, फिल्टर इसके अंदर लगेगा। अगर तेरे तो लगाता तो क्यों नहीं? भाई है। भाई पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा यार। बहुत कम, कम जितनागी ना उतना तेल पीती है आगा। आगा। के दस रुपये ना तू मेरे से ले लियो, ले लियो लियो बाद में पैसे पैसे पैसे नहीं नहीं लेगा लेगा तेरी कसम एक मैं चिंता मत गाइस गाइस रुण देख देख रहे रहे रहे हो हो मांग मांग कार्तिक बंदा देखो ध्यान दे पहले दस रुपए ना कोई पचास किलोट चली जा भाई देख रहे हो मेरे से पैसे मांग रहा है, देख रहे हो भाई ये बताऊ बैठ जल्दी आ फिर एक चीज देना